मैं संजीवन सीवन आज एक छोटी सी कविता के साथ जिंदगी की में कब हमारी उम्र निकली पता ही ना चला कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता ही ना चला किराए के घर से शुरू हुआ सफर कब अपने घर तक आ गया पता ही ना चला साइकिल के पैडल मारते हुए हाफते थे उस वक्त कब गाड़ियों में घूमने लगे पता ही ना चला हरे भरे पेड़ों से भरे हुए जंगल थे तब कब हुए कंक्रीट के पता ही ना चला कभी थे जिम्मेदारी मां बाप की हम कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार पता ही ना चला एक जब दिन में भी बेखबर होकर सो जाते थे कब रातों की नींद उड़ गई पता ही ना चला बनेंगे हम भी मां बाप यह सोच कर कटता नहीं था वक्त कब हमारे बच्चे बच्चों वाले हो गए पता ही ना चला जिन काले घने बालों पर बड़ा इतराते थे कब उनको रंगना शुरू किया पता ही ना चला दर दर भटकते थे नौकरी की खातिर कब रिटायर होने का समय आ गया पता ही ना चला बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम कब बच्चे हमसे दूर हुए पता ही ना चला बड़े पूरे परिवार में सीना चोड़ा रखते थे हम कब परिवार हम दो पर ही सिमट गया पता ही ना चला